कैसे सामना करोगे ऐसे जीव का तुम तो न देव हो और न ही रक्षक तुम तो बस वही हो जो दिखते